हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रनिश मल्हन है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ बेसिकली आपको यहाँ पे एक मॉडल नज़र आ रही होगी तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस मॉडल के अराउंड बेसिकली इसकी एक आउटलाइन बना के वहाँ पे टेक्स्ट को लिखने वाले हैं इसी की शेप में तो ये बहुत ही ईजी टास्क है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से कर सकते हैं तो सबसे पहले आप टूल है। टूल एक, एक इमेज में अगर बाई चांस आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाए इसके कर्सर को और वो हाईलाइट ना हो मतलब की उसको डिटेक्ट ना करा हो इसने तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक एंड ट्रैक करना है और क्लिक एंड ड्रैक करने के बाद जैसे ही आप उसको कवर कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो आपको माउस को छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे डिसलेक्टेड रखा है क्योंकि जो यहाँ पे आम आ रही है इसने बेसिकली उसकी सिलेक्शन बनाने की कोशिश करी है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसे को एड करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो यहाँ पे हमें लेसो टूल को सिलेक्ट करना है आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और लेसो टूल में एड टू सिलेक्शन मोड को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे एक इसके अराउंड एक सिलेक्शन बनाइए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो सा है वो ऐड हो जाएगा हमारी सिलेक्शन में उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू में जाना है और सिलेक्ट मेन्यू में आपको मिलेगा मॉडिफाई बेसिकली मॉडिफाई मेन्यू जो है वो क्या करता है हमारी सिलेक्शन को मॉडिफाई करता है हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पांच ऑप्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं और जो मैं यूज करने वाला हूँ वो एक्सपैंड है क्योंकि मैं इस जो सिलेक्शन है हमारी उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हंड्रेड डाली है तो मैं यहाँ पे ओके okay कर देता हूँ ओके okay करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो शन है वो एक्सपेंड हो चुकी है तो नेक्स्ट टास्क क्या है हमें इसको एक पाथ बनाना है तो पाथ बनाने के लिए आपको कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मैं जो एक्शन करने वाला हूँ उसके ऑप्शंस हमें तभी मिलेंगे जब हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होगा तो मैं यहाँ पे राइट right क्लिक करूंगा और राइट right क्लिक करके जो आपको मेन्यू दिख रहा है ये तभी दिखेगा जब आपका कोई ना कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड होगा राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मेक वर्क पाथ राइट right, हम इसका यूज करेंगे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉलरेंस ट्रू आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको ओके कर दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाथ आ गया है अब सिर्फ एक सिंपल टास्क है आपके लिए आपको यहाँ पे जाना है टाइप टूल को सिलेक्ट करना है सो तो देट की आप लिख सके हॉरिजोंटल टाइप टूल को ही आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसके बाद आप जाए जैसे ही पाथ पे जाएंगे आपका करसर बदल जाएगा और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डमी टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा राइट आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू राइट तो बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी करके आगे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी हम सेटिंग्स कर लेते हैं इसकी टेक्स्ट की तो रेड की ये टेक्स्ट प्रॉपरली नजर आए और यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिखे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमें यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है थोड़ी सी सेटिंग्स आप और करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा अपने जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट करके बताइए आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए शुक्रिया